किसी भी सेल पे मान लीजिए मैं अपना नाम सुजीत सुजीत कुमार कुमार अब लिखते ही क्या हो हो रहा रहा है है कि ये से से इस तरह से ब्रेक आप देख पा रहे मतलब कि अभी दिख रहा है पूरा जैसे बी कॉलम के अंदर अगर हम किसी तरह के वैल्यू टाइप करेंगे हमारा नाम पूरा नहीं दिखेगा अब चाहते कि मेरा नाम पूरा दिखे तो क्या करे दो तरीके है पहला तरीका है कि आप जो ए और बी के जो ए होते हैं कॉलम के जो पार्टीशन होते हैं उस पे कर्सर जाने पे कुछ इस तरह का बनता है आप इस पे डबल क्लिक करें तो आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा कॉलम बड़ा हो गया और पूरा नाम दिख जाएगा कॉलम कितना बड़ा होगा जितना उस टेक्स्ट को चाहिए जो टाइप आपने कर रखा है सिर्फ एक ही नहीं पूरे कॉलम में जो भी टाइप होगा उसमें जितना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, इतना चाहिए, उतना बड़ा बड़ा हो हो जाएगा जाएगा जी चाहिए अब इसमें एक चीज तो होगी अब इसमें अगला जो तो टॉपिक आता है वो आता है कि मुझे कॉलम बड़ा नहीं करना है क्योंकि तो कॉलम बड़ा करने से मेरे प्रिंट पे इफेक्ट हो सकता है तो इस केस में यहां से रैप टेक्स करेंगे रैप टेक्स क्लिक करते ही टूट के नीचे आ जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से तोड़ के नीचे गूँ तो टाइप करते समय या कर्सर जहां भी पॉइंट कीजिएगा वहां से आप ऑल्ट एंटर जी हाँ ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो टूट के नीचे आ जाएगा फिर टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस एंटर इस तरह से आए